नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है बिग प्रॉफिट एमएलएम चैनल में आपको मैं जो आज जानकारी देने जा रहा हूँ वो हाई डॉलर के बारे में है आप यहाँ पे फ्री हाई डॉलर कैसे प्राप्त करें इसको बाई करना चाहते हो तो कैसे करें इसमें केवाईसी करना तो कैसे करें इसको डेली क्लेम कैसे करना और टीम कैसे आपको बनाना है ये सारी जानकारी हाई डॉलर के बारे में वेरी सिंपल तरीके से दिया जाएगा एक्चुअल में ये जो चैनल है ये आपको जितने भी क्रिप्टो से नई क्रिप्टो से जानकारी देने के लिए बनाया गया है जिसको आपको थोड़ा आसान हो जाए उसको रजिस्ट्रेशन करने में उसकी जानकारी जुटाने में और इससे संबंधित कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कोई भी क्रिप्टो से संबंधित इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लेवल पर अपनी पूरी जानकारी लेके और अपने खुद के रिस्क पर ही इन्वेस्टमेंट करें हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन देना है आपका इन्वेस्टमेंट कराना नहीं है आपका डिसीजन खुद का होगा इन्वेस्टमेंट को लेके हम कभी आपको ये नहीं कहेंगे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें हम सिर्फ जानकारी देने के लिए यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों ये हाई डॉलर है ये बहुत अच्छा डॉलर कोइन है जो आपको आज फ्री में मिल रहा है आने वाले समय में इसमें जो भी प्रोग्रेस होगी वो आप देख पाएंगे और आगे की जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आगे आगे इसको प्रमोट करें सेकंड आप इसके चैनल के नीचे आपको हाई डॉलर का जो रेफरल लिंक मिल जाएगा और एक टेलीग्राम का आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा और साथ में व्हाट्सएप का भी आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपको जानकारी आप बराबर मिलती रहे तो दोस्तों आगे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप सीधा आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे और कैसे रजिस्ट्रेशन करना वो क्लियर करता हूँ फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक हाई हाई डॉट कॉम के नाम से आपका ऐसे एक रेफरल लिंक मिलेगा और पीछे नाम मिलेगा किसी भी यूजर ने मिलेगा अब आप आपको क्या करना सबसे पहले फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको हाई डॉलर पर इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर और क्लिक करते ही आप यहाँ पर चले जाएँगे वेबसाइट पर यह मैंने टेलीग्राम से रेफरल लिंक लिया है और आपके सामने ये रेफरल लिंक मिलेगा किसी भी साथी ने आपके इसको हाई डॉलर का प्रमोट किया उसका रेफरल लिंक मिलेगा अब आपको क्या करना है दोस्तों एक का एक बात ध्यान से रखें ये तीन तरीके से आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा वेब एप्लीकेशन के द्वारा यानी टेलीग्राम का क्या फंड है आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ उसके बाद में डिटेल जानकारी भी दूँगा ये नोट फॉर प्रॉफिट फाइनेंशियल सर्विस है Banking बैंकिंग एंडसरी Bank आर not bill gates. ये बता रहा है इसके बारे में Already on your phone. ये बता रहा है ओवर mobile app is coming soon. यानी इनकी खुद की मोबाइल की अप्लीकेशन आने वाली है As ए लाइक व्हाट्सअप टेलीग्राम एंड मोर इस टाइप की सारी सर्विस इसके अंदर रहेंगी और ये द एसेस्ट वे टू बाई बिटकॉइन यानी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी ये जैसे टेक्नोलॉजी आएगी जिसके कारण ये आप इसके अंदर उस अप्लीकेशंस में आप इसकी जो हाई डॉलर हो उसको चेंज कर पाएंगे किसी भी क्रिप्टो में और साथ में ट्रां भी फास्ट होगी ईजी होगी हो और ये ये बड़े बड़े जो जे पी मॉर्गेन अलीबा ये सब इसके अंदर वी कम्पोज टू एंट्रप्रेनर एग्जीक्यूटिव टेक्नोलॉजी एंड थिंकर्स फ्रॉम मतलब ये इसके बारे में बता रहा है कि ये टीम इसके साथ आने वाले समय में साथ में रहेगी और साथ में आपको ये स्टेकिंग के ऊपर भी ये 20 परसेंट एनुअली कुछ प्रॉफिट भी देंगे बैंक के टाइप में जैसे हमें इंटरेस्ट मिलता है हिडन फीस वगैरह मिनिमम बैलेंस ये सब कुछ आपको आने वाले समय में देख पाएंगे Get free crypto बिलियन billion USD worth वर्थ यानी ये जो हम एय्रोप अभी फिलहाल जो हम रेफरल करके यहाँ से अर्न करेंगे ये वाला ये थ्री बिलियन यू एच डी वर्थ का आपको गिफ्ट कर रहे हैं कम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए अपने साथ जोड़ने के लिए ये बड़े बड़े एंजॉय लाइफ बेनिफिट्स ये मेम्बर के लिए डिजिटल सर्विस ऑफर विद मरचेंट्स ये इतने मरचेंट्स ये इनके साथ रेडी है अपने इस सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए आप इनके नाम जान पाएंगे तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना इससे आगे भी थोड़ा सा मैं इसके बारे जैसे ये होम पेज तो अभी मैंने ओपन किया था वही जगह अब ये देखिए दोस्तों इसके बारे में सेकंड हाई डॉलर क्या है हाई डॉलर के बारे में मैं आपको यहां जानकारी दूंगा बाई इन हाई डॉलर आप इसको बाई भी कर सकते हैं अभी इसका जो अभी तक का जो चार्ट है वो चार्ट में चार लाख छिहत्तर हजार नौ सौ क्लाइंट मेंबर यहाँ पर अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं साथ में इसकी प्रेजेंट वैल्यू टू पॉइंट डॉलर प्रेजेंट वैल्यू भी प् है इसकी जो कि आज आप इसको बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और ये इसका चार्ट है जब ढाई हजार पहले ढाई हजार मेंबर पे इन्होंने जो फ्री रेफरल दिया था डेली का ये देखो ये सिर्फ आप सिक्सटी सेवन डेज अगो यानी सिर्फ सिक्सटी डे डेज यानी अभी दो महीना भी ही हुआ है इसका टू मंथ्स का ही इसका लाइफ रहा है पीछे का और इसने ये आपका रेफरल अभी आप एट प्रेजेंट ऐसे ही इसका रेट इंक्रीमेंट होता जाता है जैसे जैसे कम्युनिटी आती जाती है नंबर ऑफ मेंबर्स इसका कम्युनिटी का रेट इसका ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है और ये आई वॉन्ट टू गेट इसके बारे में लगभग आप जानकारी लें मैं तो यही कहूँगा क्लेम डेली रिवार्ड्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये सारी जानकारी आप इसकी वेबसाइट पर लें और अबाउट के अंदर आप जाके भी अगर इसका चेक करें मतलब कहने का तात्पर्य क्या है एक अच्छी चीज़ है और अच्छा आ, एक आने वाला फ्यूचर का एक क्रिप्टो डॉलर बन सकता है ये इसके जितने भी फीचर्स इसने बता रखे हैं मैंने काफ़ी अच्छे लगे और इसके कारण मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ और आगे आपको रेफरल के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ये इसके दोनों जो पर्सनस हैं ये इसके क्रिएटन वे है प्रॉब में है ये मित्र सेफ रस्ट और मोवरशेकर और ये सभी इसके हैं सब के बारे में आप जानकारी लेंगे और साथ में इसका पूरा रोड मैप भी आप यहाँ देख पाएंगे और साथ में यहाँ पे वाइट पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके कारियर के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया साथ में इसका वेब आउट जो मैंने आप बताया आपको यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर के डाल के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बट हम इसको टेलीग्राम के थ्रू करेंगे सबसे पहले आपको टेलीग्राम के थ्रू बताएंगे वेब एप्लीकेशन का मतलब मोबाइल नंबर डालना है और के भी होगा ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दोस्तों को थोड़ा हाँ लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है टाइम इसलिए लग रहा है दोस्तों की इसको आप क्विट करें ये अच्छी क्रिप्टोकरेंसी लग रही आने वाले समय फ्यूचर तो किसी का नहीं पता बिटकॉइन का भी किसी ने नहीं सोचा था 40 से 50 लाख रुपए मुँह करेगा जब फ्री में मिलती थी आज से 10-11 साल पहले फ्री में मिलती थी बिटकॉइन तो किसी ने नहीं सोचा सोचागा उसका वैल्यू इतना बन सकता है ये कम्युनिटी और हमारी सोच पर डिपेंड है और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है तो सबसे पहले जाएँगे टेलीग्राम पर आप व्हाट्सअप पर भी कर सकते हैं और टेलीग्राम मैं टेलीग्राम का आपको बता रहा हूँ कैसे करना सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे टेलीग्राम आई मी आई मी भी ये टेलीग्राम का सेकंड सेकेंड वर्जन में यूज़ करता हूँ इसकी भी एक वीडियो आपको आप इस चैनल पर नीचे मिल जाएगी कैसे यूज करना है अब हम टेलीग्राम पे आएंगे तो ऑलरेडी मैं ज्वाइन हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था तो सबसे पहले क्या आया था आपको ऐसे स्टार्ट आएगा आपका क्लिक कर देना है और स्टार्ट करते ही आपका ये देखिए मेरा तो क्लेम रिवार्ड आ रहा है ऑलरेडी ये देखिए जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने ये आएगा देखिए टेक्निक इन्वेस्टमेंट यूटू ये तीन ऑप्शन आएंगे उसके बाद आपसे ये लैंग्वेज मांगेगा आपको इंग्लिश कर देना है इंग्लिश के बाद लैंग्वेज सक्सेसफुल सेट के बाद ये आएगा हाई लिखना है हाई लिखने के बाद आपसे ये ऑप्शन आ जाएगा और आपने अपना नंबर लिख देना है या ऊपर का एक बटन आएगा उसको क्लिक करके सेंड कर देना है यानी आपका नंबर यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा प्लीज क्लिक और द बटन एट द बूटम ये सारा ऑप्शन आपको बताता जाएगा वो फॉलो करते जाना है फिर साथ में आपको नंबर लिख देना है और नंबर का वो एक ऑप्शन होता है उसको क्लिक कर देना है क्योंकि मैं कर चुका हूँ मेरा दोबारा नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल से सिंपल टास्क है वो कर लेना है उसके बाद आपने ये मांगे यूनिक निकनेम जैसे मेरा बिग प्रॉफिट है यूजर नेम यहाँ पे आपने अपना कोई भी यूजर नेम बना लेना जैसे आपका नाम अमित है अमित एक दो तीन जो ये पहले से नहीं होगा वो ले लेगा ये आप यूजर नेम बनाना जानते हैं आपने लिख देना खाली ये आपको ऐसे सिक्योरिटी देगा और ये सब करके क्लेम डेली रिवार्ड करेगा फिर आपके पास एक नंबर मेम्बर नंबर पर एक ये नंबर आएगा यो मेंबर नंबर ये सब आपको आपके टेलीग्राम पे आएगा वो लिख देना है या कोई ज़रूरी होगा तो ये बोलता जाएगा वही करते जाना है उसके बाद आपने ये मोबाइल के बारे में पूछेगा एंड्रॉयड मोबाइल है ये सब आप कौन सा च्वाइबल है ये सब पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक किसी वी लवर यूर फोन्स डू यू यूज एप्पल एंड्रॉयड एंड समथिंग एल्स यानी आपसे एक च्वाइस पूछेगा आपको जो चॉइस है वो बता देनी है सेलेक्ट कर देने उसके बाद आपका ढाई डॉलर आ जाएगा और उसके बाद आपका ये आपका रेफरल लिंक मिल जाएगा जैसे अमित एक दो तीन एग्जाम्पल के रूप में जो भी आप जिस भी नम, यू, यूनिक नेम से बनाएं अब उसको कॉपी कर लेना और कहीं भी भी अपने सेंड कर देना और फिर आपके पास ये आ जाएगा फिर आपके पास ये क्लेम रिवार्ड का जैसे ऑप्शन आएगा यहाँ पर ये देखो ये बता रहा है यू लॉज लॉज अप टू थर्टी ऑफ योर टेस्ट बन सिक्योरिटी डूरिंग फ्लाइट्स ये मतलब मेरा को कुछ बता रहा है जैसे कि इसको क्लिक करेंगे तो मैं फिर उसी पेज पे आ जाऊंगा और ये मेरे को ये सारे इसकी जानकारी दे रहा है आप इसके बारे में जान पाएंगे बेसिक हाई डॉलर रिवार्ड सिक्योरिटीज के बारे में सब जानकारी आप वन टू वन यहाँ पे ले सकते हैं और मेरे को क्लेम करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा फिर वो टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा स्टार्ट जाना पड़ेगा ये क्लेम रिवॉर्ड ऐसे आएगा इसको क्लेम कर देना है क्लेम करेंगे तो ये बता देगा आज का क्लेम हो चुका है ऑलरेडी या नहीं हुआ है ठीक है दोस्तों डेली क्लेम करना आपको 24 घंटे में एक बार अब यहाँ पे मैं देखता हूँ रेफरल रेफरल की बात करूँगा तो ये मेरा सेवन रेफरल हो चुका है और सेकंड ये रेफरल भी हो चुका है टोटल टेम और सतहत्तर डॉलर मेरा हाई डॉलर हो चुका है ये देखो बैलेंस के अंदर जाएंगे तो बैलेंस दिखा देगा मेरा यहाँ पे यहाँ पे बैलेंस की बात करेंगे तो मेरा टोटल एक रिवार्ड्स टोकन हो चुका है और दोस्तों सिक्स ये बोल रहा है सेंड रिमाइंडर मैंने जितने भी पर्सन ज्वाइन कराए हैं उनको मैं सेंड रिमाइंडर डाल दूंगा तो सबके पास एक रिमाइंडर का ऑप्शन चला जाएगा कि भी सबके पास एक व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे उनके पास एक पास एक मैसेज चला जाएगा आप अपना क्लेम कर लें एज ए लाइक तो इसके बारे में सारी जानकारी मैं दे पाया आपको अब आगे की जानकारी आपको क्या करना है सेटिंग पे जाना है सेटिंग पे जाके आप देखे पाएंगे यहाँ पे चेंज निक नेम अगर ये चेंज करना है वेरीफाई आइडेंटिटी चेंज लैंग्वेज कुछ भी करना ये चेंज कर सकते हो यहाँ पे आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे बीच वाले पे तो आप बीच वाले पे जब एडेंटी भी करेंगे तो ये आपने बोल रहा है यू आइडेंटिटी हैज़ ऑलरेडी बिन वेरीफाइड यू मे यूज अवेलेबल फ़ीचर्स ऑन हाई यानी ये कह रहा है कि आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ली है बट आपकी केवाईसी वाई सी यहाँ पर अनकम्फर्टे या नहीं होगी तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी उस पर क्लिक करके अंदर के ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पे के में आपको क्या डालना है आपका जो आई प्रूफ होता है वो डालना है वो आपकी मर्जी से डालना है आप अगर डालना चाहें तो करें ना करना चाहे तो ना करें आप विड्रोल पर क्लिक करके देखते तो विड्रोल में ये सारा कुछ बता मनी फ्रॉम योर फ्लेक्शुअल अकाउंट एनी टाइम दिस फ्यूचर इज कमिंग्स ऑन यानी मैंने बताया आने वाले अभी सिर्फ टू मंथ्स ही हुए हैं और ये जैसे जैसे अपग्रेड होता जाएगा तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी भी होगी और ये क्लेम भी होगा तो दोस्तों मैं अब दोबारा इसकी वेबसाइट पर जाऊँगा और आपको फिर थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा ये मैं जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि हाय जो डॉलर जो आया है हाय एक बहुत बड़ा रे, रेवेन्यू जनरेट कर सकता है इसके अंदर कैपेसिटी है जो मैं समझ पा रहा हूँ इसके बारे में और मेरे को तो बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ ये लग रहा है कुछ करने वाला है तो इसके लिए मैंने इसमें पैसा डाला नहीं है मैं आपको फिर बोल रहा हूँ पैसा इसमें मैंने नहीं डाला है आपके आपको लगे पैसा डालना आप रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि रिस्क इसलिए होता है किसी भी क्रिप्टो का आप फ्यूचर क्लियर नहीं कर सकते हम उसकी टेक्नोलॉजी को देख के उसके काम को देख के उसको समझ के ही करना होता है अगर आगे वो सक्सेस होता है तो हमें मल्टीपल प्रॉफिट भी हमें ही होता है क्योंकि हम फर्स्ट में होते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा मैं ये हाई डॉलर के बारे में और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ डिटेल्स में ये देखिए अभी इसका जो चार्ट है ये देख पा रहे हैं हम इसका प्राइस चार्ट जो है आप देख रहे हो हर एक कम्युनिटी के ऊपर इसका चार्ज अपग्रेड होता जाएगा और ये जो एट प्रेजेंट इसका रेट है 0.27 डॉलर है और ये पूरा का पूरा इसके बारे में आप इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आप वेबसाइट में वेब एप्लीकेशन पे आप जाके अपना खुद का नंबर डालके इसके अंदर भी जा सकते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाला और साथ में एक ओटीपी जाएगा आपका टेलीग्राम पे फोर डिजिट का ए, ये देखिए आपका ओटीपी जाएगा ऐसे करके वो ओटीपी डाल देना है वन टाइम पासवर्ड और आपका ये खुद का अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा अगर मान लो आपने पहले अगर मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड नहीं किया है तो आप यहाँ पर फीड भी कर लें वेब पर जाके कहाँ पर जाना है आपने अपने आपको वेबसाइट पे भी आप कर लेना है रजिस्ट्रेशन मैं अभी बताऊँगा पहले उसको छोड़ दीजिए अब ये देखिए मेरी वैल्यू अट्ठाईस डॉलर हो चुकी है मात्र पाँच सात दस दिन में एट आज के रेट के हिसाब से और आज मैंने येस्टरडे में चार डॉलर कमाया इससे और मेरा टोटल जो कोइन की वेल कोइन टोटल कोइन है इसके अंदर वो लगभग हंड्रेड प्लस हो चुका है जब फ्लेक्सिबल अकाउंट में मेरा आ जाएगा तो मैं ये सेविंग अकाउंट ये सब ओपन हो जाएगा ये मैं कभी भी रिवार्ड अकाउंट मेरा मतलब ये कभी भी मैं विड्रॉल भी कर पाऊँगा आने वाले समय में ये देखिए मेरा एक कॉइन टोटल यहाँ पर एट प्रेजेंट हढ़ाई डॉलर आ चुका है और ये मेरा अभी अवेलेबल सून आने वाले समय में जैसे ये टेक्नोलॉजी ये इनकी सर्विस शुरू हो जाएगी तो आप देख पा रहे देखिए बिटकॉइन बाइना हाई डाई और इसके अंदर आपको सारा इसके अंदर मिलेगा कोई भी सभी क्रिप्टो करेंसीज आप इसके अंदर कर पाएंगे और बाई नाउ पर अगर आप करना चाहते हो तो बाई नाउ भी कर सकते हो एट प्रेजेंट बाई भी कर सकते हो इन इन कॉइन से ये आप बाई कर सकते हो ऐट प्रजेंट बट मैं आपको ये नहीं सलाह दूंगा कि आप इसको बाई करें अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको भी फ्यूचर के अंदर इसका लग रहा है कुछ होने वाला है तो ही बाई करें नहीं तो ना करें ये ऊपर आप इस पर सेलेक्ट करेंगे इस पर तो यहाँ पे आपको कॉपी रेफरल मैसेज मिल जाएगा और ये आपका सीधा आप सेंड कर सकते हैं आप कहीं पे भी आपके किसी भी सोशल मीडिया पे तो दोस्तों काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो होगा और मैं सिर्फ इसलिए बताया इतने बड़े वीडियो में कि आप ये हाई डॉलर को ना छोड़ें बहुत से लोगों ने पाई कर रखी है बहुत से लोगों ने देखिए दोस्तों ये मैंने पाई टी टी बी और टाइम्स पोर्ट और स्पाक प्ले ये सारे क्रिप्टो करेंसी भी मैं यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ ये टीटी कॉइन बिल्कुल लेटेस्ट है इसका भी आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा वहाँ पे आपके इसके डैशबोर्ड में मेरा और पाई का भी मिल जाएगा सभी का मिल जाएगा वो किसी ने कर रखी है वो ना करें ऑलरेडी जिसने जो कर रखी है वो ना करें और जो जो कोई नहीं कर रखा जैसे ये है टी टी ये आप ये भी कर सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट आया ये भी बहुत अच्छा क्रिप्टो कोइन बन सकता है आने वाले समय में पाई का तो लगभग बहुत से लोगों को जानकारी भी होगा जो वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आपको या इसका भी रेफरल लिंक वहाँ पे मिल जाएगा जैसे मैंने इसको पाई किया माइन किया तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी को इन इकट्ठा कर लिया है और ये देखिए इसको आप यहाँ करिए बी वाला भी अगर आप देखेंगे तो बी भी, भी एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है तो दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो फ्रेशर मेरा वीडियो देख रहे होंगे उसके लिए दो मिनट का ये बात एक मिनट का रखूँगा हालाँकि वीडियो लंबा होगा कि ये जो जितने भी क्रिप्टो है कोई भी क्रिप्टो आपको गारंटी नहीं देती आने वाले समय में आपको प्रॉफिट देगी या नहीं देगी इसमें सिर्फ आपको सिर्फ टास्क करने होते हैं और फ्री में अपने आप को प्रेजेंसी देनी होती है डेली वाइज यानी आपको एक्टिव करना होता है अपने आप को मैं इस चीज़ को वॉच कर रहा हूँ देख रहा हूँ और आपको क्लिक करना होता है बस इतना सा काम करना होता है और उसी में आपका क्रिप्टो करेंसी वहाँ बनता चला जाता है तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा आपको कि इस चीज़ को ध्यान से देखें और ये देखिए ये सारी क्रिप्टोकरेंसी की आपके मिल जाएंगी और ये कौन कौन आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकता है कौन कौन नहीं कर सकता है वो ये देखिए ये देखिए अब मैंने यहाँ पे माइन पे गया माइन पे गया तो ये मेरा ऑलरेडी 629 टू अभी अभी रनिंग में है तो इसका भी आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था अगर आप पॉजिटिव माइंड दूरदृष्टा है तो ये सारी चीज़ें करें और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा किसी भी कोइन में किसी भी चीज़ में कोई पैसा और फीस नहीं लग रहा है और सिर्फ आपका टाइम लग रहा है वो भी पूरे दिन में एक से दो मिनट का तीन मिनट का एक कोइन के लिए एक मिनट पूरा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफरल भी कराएं जिससे एक क्रिप्टो करेंसी आप इकट्ठा कर पाएँ और इनसे संबंधित आने वाले फ्यूचर की वीडियोस के लिए लाइक कर दें शेयर कर दें और मैं ये भी कहूँगा जितने भी साथी जो सुन रहे हैं जिसका भी रेफरल लिंक आपके पास आए मेरे वीडियो के द्वारा तो आप उसी रेफरल से ज्वाइन करें जो आपको प्रमोट कर रहा है वो आपका शुभचिंतक है उसी के साथ आप ज्वाइन करें मैं सिर्फ फ्रेशर के लिए लिंक डाल रहा हूँ या मेरे जो जानकार हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू टेलीग्राम के थ्रू उनके लिए ये वीडियो है और आप अपना एक डायरी भी मेंटेन करें डायरी में सारा कोइन वगैरह का रिकॉर्ड मेंटेन करें और अपना एक डायरी मेंटेन करें जो भी चीज़ ज्वाइन करें उसका एक डायरी मेंटेन करें तो दोस्तों धन्यवाद इसी की चीज़ के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं थैंक यू और हाई डॉलर आप बहुत अच्छे लेवल पर बनाए मैं तो यही आपसे दुआ करूंगा कि हाई डोलर में आपका सौ दो सौ पाँच डॉलर प्रेजेंट वैल्यू में जल्दी से जल्दी बने थैंक यू दोस्तों